वेलकम टू जीके के ग्रुप जी ग्रुप आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन का टॉप ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल। ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल। तो इसको याद कैसे रखना है देखिए आप विटामिन ए आँखों के लिए हेल्पफुल होता है तो आँखों में क्या होता है जो आई हो आई है आई में क्या होता है रेटिना होता है ठीक है रेटिना आपको इसी रेटिना से याद रखना है रेटिनॉल को याद रखना है इसी रेटना से आपको रेटिनॉल को याद रखना है कि यदि आपको एग्ज़ाम में आ गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो आपको आंखों को याद रखना है आँखों के रेटिना को याद रखना है उसी रेटना से आपको याद रखना है रेटिनॉल तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है रक्त का थका बनाने में इनमें से कौन सा विटामिन मदद करता है तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के कौन मदद करता है विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है तो देखिए धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न डी उत्पन्न होता है इसीलिए विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं तो सनसाइन विटामिन किसको कहते हैं विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कॉर्बिक एसिड क्या है स्कॉर्बिक एसिड तो याद रखिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है स्कॉर्बिक एसिड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होता है किसको रोकने में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन तो देखिए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है विटामिन ए इसका सही आंसर होगा विटामिन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतौंधी जिसको hmm. इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि अंधेरे में रातों में क्या होता है दिखना बंद हो जाता है या तो धुंधला दिखता है तो याद रखिए विटामिन ए से कौन सा रोग होता है रतौंधि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई e का रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई e का रासायनिक नाम क्या है तो देखिए विटामिन ई e का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल क्या होता है टोकोफेरॉल अब यहीं पे देखिए ऑप्शन सी क्या है रेटिनॉल तो इससे पहले मैंने बताया रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम होता है तो रेटिनॉल रासायनिक नाम होता है आपका विटामिन ए का किसका होता है विटामिन का तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है किसमें कोबाल्ट होता है तो देखिए विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा किस किसमें कोबाल्ट होता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन बी में कोबाल्ट होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का होठ किस विटामिन के कमी के कारण फट जाते हैं मनुष्य के होठ जो होते हैं किस विटामिन के कमी के कारण फट जाते हैं तो देखिए मनुष्य के होठ सर्दियों के दिनों में तो ऐसे ही फटते हैं ठीक लेकिन एक विटामिन होता है जिसकी कमी से गर्मियों में भी आपके होठ फट जाते हैं तो कौन सा विटामिन होता है वो विटामिन होता है आपका विटामिन बी विटामिन बी की कमी के कारण मनुष्य के होठ फट जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी जिसको पायरिया भी बोलते हैं इसमें क्या होता है जो दांत होता है दांतों से ब्लड आना शुरू होता है दांतों से ब्लड दांतों के जो मसूरे होते हैं उससे ब्लड आने लगते हैं तो डॉक्टर जिसको स्कर्बी हो जाता उनको है उनको सलाह देते हैं विटामिन सी विटामिन सी की कैप्सूल में टैबलेटे भी आते हैं और विटामिन सी जो साइट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टे फल होते हैं उनमें भी विटाम विटामिन सी पाया जाता है तो डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं तो इसको याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो देखिए विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है कौन सा विटामिन विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है जो मछलियों के यकृत में एक तेल पाया जाता है उस तेल में किसकी प्रचुरता होती है तो जो मछलियों के एक के तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है तो इसको इंग्लिश में कॉड लीवर ऑयल भी बोलते हैं ऑयल इसके कैप्सूल भी आते हैं कॉर्ड लिवर ऑयल जिसके यदि किसी मनुष्य से के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको कॉर्ड लिवर ऑयल का जो कैप्सूल होता है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं याद रखिएगा इसका तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए विटामिन का खोज किसने किया था विटामिन का खोज किसने किया था ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा विटामिन का खोज किसने किया था सी फंक ने विटामिन का खोज कि, किसने किया था सी फंक ने अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन किया जाता है जैसे आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि विटामिन शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने उपयोग किया था तो आपको उसका आंसर भी क्या देना है सी फंख क्या देना है सी फंख कि जो विटामिन शब्द का उपयोग भी किसने किया था सबसे पहले सी फंख ने किया था तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बड़े एग्जाम में आ चुके हैं तो इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है तो देखिए विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होता है रिकेट वो हो जाती है इसमें क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती है जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी यदि आप सब्जियों को छील के यदि हम धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, है। एसएससी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो इसको याद रखिएगा देखिए कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो है विटामिन सी विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है ये आपको साइट्रस फ्रूट्स में मिलेगा जितने भी खट्टे फल हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है तो so, देखिए विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लेविन क्या होता है विटामिन बी टू का राइ रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन और एक चीज़ है यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन है थैमिन देखिए ये भी रासायनिक नियम है ठीक है रासायनिक नाम है लेकिन किसका रासायनिक नाम है ये है विटामिन बी का रासायनिक नाम यह है विटामिन बी वन का रासायनिक नाम तो भी याद रखिएगा विटामिन बी वन का रासायनिक नाम हो गया आपको थाइमिन और विटामिन बी टू का हो गया राइबोफ्लेविन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है जो विटामिन ए होता है मानव शरीर में कहाँ पर भंडारित होता है तो विटामिन ए मानव शरीर में यकृत में भंडारित होता है जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं इंग्लिश में लीवर में भंडारित होता है कौन विटामिन ए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ध्यान रखिएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो देखिए विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है किसको? विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं तो देखिए विटामिन ई e को सौंदर्य विटामिन कहते हैं किसको कहते हैं विटामिन ई e को सौंदर्य विटामिन कहते हैं तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा तो ऐसे ही जीके की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर